بخش तो अब्दुल मुस्तफ़ी असदी हैं पूछते ही है क्या पनीर खाना जायज़ है यानी पनीर को खाया जा सकता है यानी पनीर के तल्लुक़ से तो रिवायतों के अंदर भी मौजूद है कि पनीर का खाना ना कि जायज़ बल्कि सुनत भी है हज़ूर अलैहि वसल्लम से भी साबित है उनके असाब से भी साबित है पनीर का और पनीर से बनाई गई बहुत सारी चीज़ें भी साबित है अब यह कि सरकार से पनीर को छुरी से काटकर टुकड़ों के शक्ल में खाना भी साबित है और लेकिन मुफ्ती अहमद यार खन नई में रमतल फरमाते हैं कि उस पनीर से वो अरब का एक जमा हुआ दूध जो शायद वो कहते हैं कि यहाँ का वो पनीर नहीं है वो बहुत सख्त होता है यहाँ के मुकाबले जब उसको छुरी से काटने की ज़रूरत पड़ती है बहरहाल पनीर पनीर ही है इसी तरह खजूर को भी मिलाकर पनीर के साथ एक डिश बनाई जाती है उसको खाना इसी तरह खजूर के साथ रोटी को मिलाकर खाना यानी बग़ैर सालन के रोटी के ऊपर जैतून का तेल मल लिया उसको खाना या खाली खजूर के साथ रोटी खाना या शहद से मिलाकर रोटी खाना तो ये सब खाने भी जो है वो हदीसों से साबित हैं तो ये खाया जा सकता है और पनीर का खाना भी साबित भी और सुन्नत भी है तो इसको भी पनीर को खाया जा सकता है और शायद हैस नाम से कोई डिश होती है पनीर को खजूर और घी मिलाकर पनीर घी और खजूर को इन तीनों चीज़ों को मिलाकर तैयार की जाती है वो वैसे ताकत के लिए भी इस्तेमाल होती है तो उसके अंदर भी घी और पनीर दोनों चीज़ें शामिल होती हैं तो इनको खाने में कोई हर्ज नहीं है बल्कि ये साबित और बुज़ुर्गों से भी पनीर का कसरत या पनीर का खाना जो है वो साबित इसमें नाजायज़ वाला कोई पहलू नहीं है कब से अपनी खताओं का